Is is dekh ke hin la wo duniya ke dimi nikalo ge तेरे का नतीजा आया जिसने था सबको रुलाया पोता एक मीला साया कोई भी उसे बुसा पाया हुआ सब पाया सारी मुश्किल तो नहीं जनता को परवाह नहीं गा पत्ता का गेम पर खुस्ता को, को खता दूंगा पबजी खिला दूंगा नशे दिखा दूंगा मजे कररा दूंगा नशे कररा दूंगा सबको खिला दूंगा हाँ। इतने साफ से जान दे बस इतना ही तू मानते जो वादे तुम्हारे बाद में पटका तेरी गा से मरने बारे में मैंने बताया है तब भी वो तुम्हारे गाने में आया है अपने की बंदे को झूठा बताया है सच्चे को इतनी प्यार से छुपाया है तुम्हारे एंड में, में मेरा भी नाम है व्यूज पाने का ये सही काम है मैं भी पुराना खिलाड़ी हूं कट्टा का कुक्का शिकारी हूं उन्हें डोनेट किया उसके लिए थैंक यू ये जो तेरा छोटा टट्टा है ना इसको संभाल के रखा कर बहुत फुटकता रहता ही है अब like in तो कुछ तो करना पड़ेगा ना हमारिजन तसीम ले